यह है घुमना में पी पहले कुछ ऐसा दिखता था और अब ऐसा दिखता है घुमना मैसेम्पी में आज मैं जो काम करने जा रहा हूँ लिटरली घुमना में पी से मुझे बैन तक कर सकता है तो पर भी मुझे क्यों करना पड़ा, आपको पता चलेगा आगे वीडियो में लेट्स बिगेन पिछले वीडियो में आपको पता चला कि हमारी पूर पूरी पूरी स्पॉन्ट गई है तो मैं विलेज के तरफ गया और मुझे कुछ ये देखने को मिला वहा पे मिलता है दो साइन बोर्ड और एक चेस्ट बोर्ड में लिखा था कि को और एक फ्लेयरमैन को एंडर ड्रैगन बट फ्लेयर मैन मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है से तो लिटरली में नहीं मारना चाहता इसलिए मैं इस एंड्रैगन को खत्म कर दूंगा यह फैसले से मैं लिटरली एस एम पी से बैन तक हो सकता हूँ लेट्स इधर एक जिसमें मेरा नाम और द एम लिखा है लेट्स इसमें क्या है देखते और और इसमें लिखा है फ्लेयरमैन के कोऑर्डिनेट्स और एंड पोर्टल के तो हम एंडर ड्रैगन को मारने वाले तो एंड पोर्टल में जाएंगे तो लेट्स बिगेन तो चलो चलते हैं एंड में और आज एंड फ्री कर देते ड्रैगन से एंड पोर्टल के मेरे को पता है तो मिलता हूं एंड में मिल ले रहा यार लेट्स गो मिल गया मिल गया मिल गया आखिरकार ओ भाई आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास 10 हर्ट्स कैसे बचे क्योंकि हिडन बापा मेरे पास आके अपना प्रॉब्लम बता के मेरे से 10 हर्ट्स ले गया तो मैं यहाँ के सारे एंड क्रिस्टल फोर्ड के मिलता हूँ आपसे ये गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन Let's go, मरने वाला है ओ शीट शीट शीट शीट शिट वॉटर पके ओह हो गया और ये लास्ट खत्म ओ oh, शीट यार थोड़ा सा बच गया ड्रैगन तो मर गया लेकिन ड्रैगन एक नहीं मिल रहा हमें और एक वर्ल्ड में एक ही ड्रैगन एक रहता है मतलब मैंने सेकंड ड्रैगन को मारा है